तो हेलो दोस्तों तो मैं आज बहुत ही अच्छा रेसिपी लेकर आई हूँ पत्ता गोभी का जो रो मने रोल का जो रेसिपी है ऐसे तो हम लोग उसको कोई भी चीज़ का हम लोग तो चौप बोलते हैं बेंगोली में हम लोग तो जो पत्ती है मैं पहले से धो के रखी थी इसको गर्म पानी में बॉईल करना है एक मिनट के लिए तो मैं इसको जो है उसको मैं पानी में हल्का हल्का दबा लूँगा तो इसको मैं हल्का हल्का दबा दे रही हूँ इसलिए कि पानी में डूब जाए सही से इसको एक मिनट के लिए थोड़ा सा बॉयल करना है इसको ओवर कुक नहीं करना है तो देखिए इधर बॉयल होना स्टार्ट हो गया है तो इसको मैं हटा दूँगी तो मैं एक पैन ले लूँगी उसमें मैं मैं सरसों तेल में बना रही हूँ इसका जो फीलिंग है तो मैं बोलूँगी आप लोग भी जो बनाइए तो सरसों तेल में बनाइए बहुत ही अच्छा इसका जो टेस्ट अलग ही आता है तो मैं जीरा का जो फोर फ़ोरन दी हूँ और अदरक लहसुन दर घिसा हुआ है ये सभी को मिला देंगे हम सॉटी कर लेंगे अब इसमें हमें एक कटा हुआ प्याज में डालूँगी और हरा मिर्च दोनों को फिर से मैं एक मिनट के लिए सॉटी कर लूँगी मैं तो मैं इस जगह पर शिमला मिर्च और टमाटर कटा हुआ और जो बारीक बारीक पत्ता गोभी है तो जो पत्ता गोभी जो एक्स्ट्रा जो बच गया था तो आप फेंके नहीं उसको बारीक बारीक काट के जो फिलिंग में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या पराठा में जो बाक़ी बच जाए मैं फिलिंग में इस्तेमाल कर ली इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालती दी और कुछ मसाले तो मैं इस जगह पर लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ चाट मसाला डाली हूँ थोड़ा तो धनिया पाउडर डाली हूँ और काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला सभी को फिर से सॉर्ट कर लेंगे मिला लेंगे एक दो मिनट के लिए मैं इसमें हल्दी नहीं डाली हूँ थोड़ा सा हल्दी डाले हूँ आप लोग डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं हल्दी खाना पसंद करते हैं तो हल्दी डालिएगा जरूर तय हो चुका है तो इसमें मैं तीन उला हुआ आलू डाल दूँगा आप आलू डाल सकते हैं नहीं तो इसको ऐसे ही जो है जो पत्ता में जो है फीलिंग भर सकते हैं जो आलू उसे है जो उसका जो अलग ही टेस्ट आएगा खाने में तो देखिए फिलिंग हो चुका है तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक से कमेंट जरूर बताइएगा सबको वीडियो कैसा लगा तो मैं इधर एक घोल तैयार कर लेती हूँ बेसन को जब तक फिलिंग जो ठंडा हो रहा है और जो पत्ती है उसको भी मैं निकाल कर रखी हूँ ठंडा होने के लिए तो मैं यहाँ दो चम्मच बेसन ली हूँ और नमक ली हूँ और थोड़ा सा हल्दी ली हूँ इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालूंग इसका टेस्ट कुछ हट के लगेगा तो मैं इसको बहुत पतला घोल इसका नहीं बनाना है थोड़ा गाढ़ा ही घोल बनाना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं घोल बना लूँगी देखिए कुछ इस तरीके से अब मैं पत्ती को जो रोल में अपनों को बनाकर दिखाती हूँ किस तरीके से बनाना है तो देखिए मैं एक पत्ती ले ली हूँ में से जो एक या दो चम्मच का अलग मैं फिलिंग ले लूँगी इसको अंदर भरने के लिए इसको मैं हल्का सा फैला दूँगी अब जो पहले इधर से मैं दोनों तरफ से फोल्ड कर दूँगी उसके बाद मैं इधर से हल्के हाथों से इसको मैं रोल करती जाऊँगी तो बहुत ही आराम से रोल हो जाएगा इसमें कोई मैंने ऐसा नहीं से नहीं होगा बहुत ही अच्छा से हो जाता है के अंदर का फीलिंग बहुत ही अच्छा से नजर आ रहा है आप देख सकते हैं पत्ती को ऊपर तो मैं जो एक और मैं आपको दिखाती हूँ देखिए तो जो सारे पत्ती का जो मैं फीलिंग ऐसे ही भर के मैं बना लूँगी तो मेरा जो फीलिंग है थोड़ा तो ज़्यादा हो जा रहा तो मैं निकाल भी दे रही हूँ देखिए मैं सारा जो फीलिंग है भर के बना ली हूँ जो पत्ता का रोल मैं इसको सरसों तेल में फ्राई करने वाली हूँ आप लोग इसको रिफाइंड तेल में फ्राई कर सकते हैं ये तो जो जो घोल है जो इसमें मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा में डाली तो आप डालिए मैं नहीं बोलूंगी डालने के लिए आप लोग डाल भी सकते हैं तो मैं थोड़ा सा डाली हूँ एकदम तो चुटकी भर वो उसे भी कम में डाली हूँ देखिए मैं उलट पलट के दोनों तरफ से इसको मैं फ्राई कर ली हूँ तो मैं इसको बहुत सावधानी से निकालूंगी क्योंकि गर्म तेल है तो मैं इसी तरीके से सारे रोल में इसको मैं फ्राई कर लूँगी आराम से मैं सारे रोल में फ्राई कर लींगी देखिए बहुत ही क्रंची है अभी गरम गरम बहुत ही क्रंची थोड़ा बाद में सॉफ्ट हो जाता है तो मैं तो बोलूँगी इसको गरम गरम ही आप लोग तो। यानी घर में गेस्ट आ जाए उसको भी बना बना के दे सकते हैं अगर ज़रूरत नहीं गेस्ट आए तो बनाइए आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं तो इसको मैं केचप के साथ भी खा सकते हैं चटनी के साथ कोई भी चीज़ के साथ खा सकते हैं और खाने में लाजवाब है ज़रूर बनाइए आप